नहीं मिलके घरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से से ज्यादा तुम्हें चाहते दिल अभर करना हो करना धीरे से उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से जा है शर्म जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते I love you. मेरे दर मियाजन कहा मैं जो कभी कह न सका आज कहता हूं पहली दफा तेरे बिन ये सार नास बेरंग थे बे मिल नहीं थी तुझ में वो सारे पे बजा वो जिंदगी है ना तो है फिर मेरे दर मिया जो मन कहा सारे गया। मैं जो कभी कह ना सका आज कहता हूं पहली दर नजर से ही यारा य की है साजिशें लोहा मिले रज के मैंने दिल खोके इश्क़ कमाया मांगा जो उसने एक सितारा हमने जमीन पे चांद बुलाया जो आंखों से वो जो आँखों से एक पलना जल हु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 से क्या हो गए देखते देखते वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम कभी वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम कभी अलविदा केह गए रज़ के हसाया मैंने दिल खोके इश्क कमाया मांगा जोशने एक सितारा हमने जमीन पे चांद बुलाया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 कहीं तुझ में घड़कता है मेरा प्यार तेरा प्यार मेरा प्यार तेरा प्यार मेरा प्यार तेरा प्यार मैं जितना तुम्हें देखूं जितुरा तुमें सोचू मनी तुम्हारा मेला जुला सा खब हमारा एक मीठी धुन सुनाई दे रही है आज कल हंस के सारे ब्रह्म हमारे देगा खुशियों में बदल तेरा प्यार तेरा प्यार मैं जीते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 ऐसी कमी है तू तो। मैं भी न जान लू ये कितना क्यों लाजमी है तू तो। नींद जाके न लौटी कितनी रातें ढल गई इतने तारे गिने के उंगलियाँ भी जल गई ओ हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसी चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना ओ हम नवा मेरे तू है तो मेरी साँसी चले बता दे कैसे मैं जीऊँगा मैन पता के दुनिया नहीं हो सकता पर झूठ क्यारा नहीं हो सकता तू मेनुछ नई सवाल चल दूर कित मेरे नाऊ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 मैं किसी और कहा हाँ हो जाऊ मैं किसी और कहा हाँ हो जाऊ गल गलत है जो भी कह रिया जानी परे भी देख तेरे बिल कि मर रहा जानी मर जागे ले संभा उमर जाऊंग संभाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और कहूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं की हाल के तेरा हो जाऊं मैं किसी और कहा हाल के तेरा हो जाऊं मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं तो मुझ को यकीन सबसे मजुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊ मिला जो तू यहां मुझे दिल सफर बना के क्यों मैं जान ले गया रोज रोज नारू मेरा फैसला आधे बंस कैसे मैं टूटे टूटे टुटे खाबा बच्च तू दू छड़ अज कर किस तू तेरे बजू मैं गवा माँ भी उसमें तो का दिखा, मोड़ दो बदले ने मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे सन्नत सच का छोड़ दो पचत बड़ा पचताओग बड़ा पचुता बड़ा पचुता हो ग सुनिया सुनिया गलिया दे बिच रोलना दे बुहे किसे और ली तू खोलना दे। सुनिया सुनिया गलिया के बिच दे, देह किसे और ली तू खोलना शायर जानी जरू बड़ा पचुत बड़ा पचुत जान जानकीनू पूका रंग किवे तेरे बिना जिंदगी रंग किवे जान जानकीनू पूका रंग किवे करोगे जो करोगे जो दगा करोगे सज्जे वाली मौत तुसी मरोगे ओला वेखदा सुलम कमाओगे बड़ा बचताओगे वो मुझे छोड़ गई जो तुम जाओगे बड़ा बचताओगे बड़ा बचताओगे मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो लगता है कोई और गली जाने लगे हो सब जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे-धीरे क्यों दफनाने लगे हो करना तू दे हो रुद्या दलना सुद छू प्यार ले इन तर साग बड़ा पचताओगे बड़ा वो मुझे छोड़ पचताओगे जो तुम जाओगे बड़ा बड़ा ले ले जा रे, ले ले जा रे। ले जा जा रे रात में में चुरा के सारे रंग साथ तू ऐसी मुलाकात दे जा ले जा ले जा रे महकी में चुरा के सारे रंग ले जा, तो जा। रा को साथ में तू ऐसी मुलाकात दे जा मन मेरा क्या करना है साझाई कोई ढूंढ के बहाना तुम्हें अपना माना चाहे रूठे ज़माना चाहे मारे जगताना तुमको है पाना मुहे सारे <till नहींगे> तू सपून चरा जाएक है। बाल कुरे खुतेरी फोटो सौस बाल कुड़े मंदे कुतेरी फोटो सौस बाल कुड़े चरा जानिए आ मैं जब तू तो तेरे खाव तुर तुरं पढ़ा मुड़िया जुड़ते मैं देखो तेरी फोटो सौ संभार कुड़े देखो तेरी फोटो सौ साउटान सुने भारतान सुने भार कु उस पुन च आई जानिए उस पुन च आई जानिए हाय एक बार जानिएखार मैं देखो तेरी फोटो सौ सो बाल घड़े मैं देखो तेरी फोटो सौ सो बाल घुड़े के दे तूफान सौ बाल घुड़े के दे तूफान सुने सो बार तू तू सपने ही जानी है, तो दिल ही जानी है, एक मज तो तेरे खावा तुरै तो मैं तुरह तो पढ़ा मुड़े आज जीवे रेंने न जुड़ गए तेरे नो जुड़िया तेरा हुआ होल होले से तेरा हुआ रफता रफता तेरा कुछ फेल उठाया है दिल क्या करूं तेरे हाथों में है चाहे तो तुम दिल तोड़ दे हाँ बोल दे ओए जो आया मैं तेरी गली में में तुम आओगी क्या मेरे बाले में बताओगी क्या ये सोच ले ओ दिल की राह पे चलना तो ऐसा नहीं है ओ उन्ना जो तू साथ मेरे तो सब कुछ सही है जाने पर क्या बोल के आ खेल खेल गिल्ली डंडा गिल्ली गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा आ आ, आ, आ, आ, आ, आ ओगड़ चलता है तुझे चलता है कि मैं तेरे पीछे पीछे आके घूमू फिर चुकाऊ या तुझसे मैं नजरें मिलाऊं फर्क पड़ता है कि नहीं बता के मेरा पीछे आना तुझे चलता है कि नहीं मेरे दोस्तों का सताना तुझे hmm endless! चलता है कि नहीं चलता है की तुझको मेरा पास आना, पास आना के दूर जाना दूर जाना पड़ता है hmm कि नहीं मेरे घर के रास्ते में जो थिएटर है उससे ले जाऊंगा दो कॉर्नर की टिकट ले आऊंगा तुझे शाहरुख की पिक्चर दिखाऊंगा चांदनी चौक के ऊपर ऊपर से से लगाऊंगा लगाऊंगा तू खेलेगी क्या खेलेगी क्या बोल खेलेगी क्या खेलेगी खेलेगी क्या क्या खेलेगी क्या तू मेरे साथ अंकल और आंटी के के सामने मैं मैं मैं जिप्सी पे पे बुलाऊंगा तब तू तू तू आएगी आएगी आएगी आएगी आएगी क्या? क्या क्या क्या? क्या? बता? घंटा घंटा तेरे सड़क खड़ा बिताऊंगा बोल? बोल आएगी क्या? आएगी क्या? तो बोल तो पूरी रात पूरा दिन तेरे साथ मैं अब मैं बिताना चाहूंगा सारी दुनिया घुमाना चाहूँ बोल तू बता तुझको तुझको लाके दूंगा दूंगा अपना का पासवर्ड बता के जो जो भी भी भी बोल बोल मुझे मुझे पता नहीं अभी मुझे शब्द भी आ रही नहीं है, आ रही नहीं अभी शब्द आ आ है है जब पता चलेगा तो तुझको बताऊंगा कि कि मैं के मैं क्या क्या, -क्या लेके आऊंगा तू बोल खेलेगी क्या बोल खेलेगी क्या बोल खेलेगी क्या हाँ मेरे पास गम और नाने का गम फिर का गम क्या करें राह न से रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले बहुत आई गई यादें मगर इस बार आने नहीं ला मगर सुबह